देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है कुछ बड़ा करना है यार कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे सब मुंह माया है रखा है खाली हाथ आए थे और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं परम ज्ञानी नेपोलियन भी खाली हाथ गया वो ऐसा डायलॉग बचपाएंगे नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार। पैसे नहीं क्या करेंगे अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज के डेट में यार काम करता है, नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स मरिंडा गेट्स फाउंडेशन है डोनेशन दे दिया अस्सी माइक्रोसॉफ्ट वारंट ऑफे डोनेशन दे दिया अस्सी परसेंट रतन टाटा डोनेट कर गया लोगों ने अपनी 90-90% परसेंट -90 प्रॉपर्टी डोनेट कर दी तेरे तिर साले डोनेट करने के लिए है कुछ तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू तो सौ करोड़ का टारगेट ले क्योंकि सौ करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू सौ करोड़ रुपए डोनेट कर दियो, मैं तुझे तो सौ करोड़ नहीं कमा के देना चाहता मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू तो जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट हमारे पिताजी हमको सिखाते हैं सिखाते थे बहुत पहले हम बड़े हो गए लेकिन बात कंटस्थ है वो बोलते है, मोची बन लेकिन साले तेरे से बढ़िया का तो तो बाल, बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए तू तो दर्जी बन लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कपड़ा सिलवाएंगे तो जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिम तक पहुंचने का प्रयास कर क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा मैं चाहता हूं तू तो वो इंसान बने क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल दो साल के अंदर वी आर नॉट अ रोबोट हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते कुछ बेहतर होना चाहते हैं कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं सर समताएं भरपूर हैं मेरे निर्णय नहीं ले पाते बस रतन टाटा ने जब जयर लोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है कोरस को उसने जब टेक किया, तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से रतन टाटा सड़क में था लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा यह दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया इसने रेंज रोवर जय हुआ जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होता लेकिन मैं रतन दाटा की लाइन आज भी बोलता हूं दुनिया को पता है कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूँ